spelling like pesachi rich is he you feel say sharma sharma rich up i'm rich come on to my body rich spelling like pesachi rich guys battlegrounds mobile india is here what what yes yes come on come on come on but download karna padta hai yaar abhi to patti download ho gaya yaar भाई इसमें फ्री रिबॉउंड्स भी मिल रहे हैं। जाओ जाओ जाओ जाओ। इसे धागे दे कंपाउंड दे काम नहीं ठीक है। रोशन रोशन। गुट्टा पुश। जोनाथन जल्दी जल्दी जल्दी। पुश चल चल रुक पुश चल। इसे नाइस इसे गुस्से गुस्से सुपर रुक एक्सीडेंट। मारो उसको। मारो जोकर। निरापत्त से। आएगा गेम में मजा जब अपोन को हम देंगे सजा डोंट मिस एक्शन पैक गेम का एक्सपीरियंस। जो मिसाउड मोबाइल इंडिया पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए हूँ पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा लाइक होगी दबाके लाइक होगी ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही